साथियों नमस्कार अभिनंदन स्वागत है ज्योतिष के क्रांतिकारी चैनल एस्टोबी दासीज पे रक्षाबंधन जी हाँ रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोगों के हिंदू जो है धर्म शास्त्र में बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है हर बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं लेकिन 19 वर्ष के बाद इस बार का जो रक्षाबंधन पड़ रहा है ये बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रहा है पूरा दिन ही शुभ है कभी भी आप किसी भी समय राखी बांध सकते हैं अपने भैया को क्योंकि सूर्योदय से पूर्व ही भद्रापुंछ हट जा रही है दर्शकों आप लोग अपने भाई को किस कलर की राखी बांधें कि उनके लिए कुंडली में जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर हो जाए और शुभता में वृद्धि हो तथा आपके भाई जी हाँ आज हम दोनों लोगों की बात करेंगे आपके भाई आपको कौन सा ऐसा जो है गिफ्ट करें किस कलर का करें क्या दें कि आपके भी भाग्य में निखार आए या आपके भी भाग्य में वृद्धि हो और दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे मेष से लेकर के मीन राशि के लिए वीडियो है और आप लोग यदि अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक पहुंचती रहे तो देखिए जितनी भी बहने हैं जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो रक्षा सूत्र बांधने का जो पवित्र मंत्र है महाशक्तिशाली मंत्र है इसको आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख सकती हैं और आप इसी मंत्र से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिएगा ये मंत्र क्या है ये सभी को इसी मंत्र से बांधना है मे से लेकर के मीन राशि तक की जितनी भी जो है देख रही हैं बहने इनको इस मंत्र से ही बांधना है तो ये मंत्र है येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला जी हाँ येन बंधो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामी बद्धामी रक्ष माचल माचल ये पवित्र मंत्र है स्क्रीन पर आप लोग देख सकती हैं आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकती हैं ये मंत्र आपको मिल जाएगा और इस पवित्र मंत्र से ही हमारी सलाह है कि आप लोग अपने भाइयों को जो है रक्षा सूत्र बांधिए मेष राशि के जातकों के लिए क्या रहेगा किस कलर की आप लोग राखी खरीदिए यदि आप बहन हैं और यदि आप भाई हैं तो आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट देंगे तो देखिए सबसे पहले जो मेष राशि है आपके भाई की यदि मेष राशि है इसका स्वामी सीधा सीधा जान जाइए कि मंगल है मेष और ऋष्चिक का स्वामी मंगल होता है तो जो मेष राशि का स्वामी मंगल है तो ऐसी जो बहने हैं अपने भाई को रेड कलर का रक्षा सूत्र या राखी बांध सकती हैं और उसमें यदि स्वास्तिक बना हो और अगर ना भी बना हो तो आप लोग केसर से अपने हाथ से ही सिंबॉलिक रूप में बना दीजिएगा तो ये राखी बांधेंगे इससे आपके जो भाई हैं उनके अंदर भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी और एक चीज़ बता दें कि जो ये पुरुष देख रहे हैं मेष राशि को मेष राशि के वो अपनी बहनों को लाल रंग का कोई वस्त्र और दक्षिणा जरूर भेंट करेंगे जो भी यथा सामर्थ्य होगी दक्षिणा जरूर भेज करेंगे और यदि संभव हो तो बहन मिठाई खिलाएं ही खिलाएं लेकिन मिठाई के साथ साथ थोड़ा सा गुड़ जी हाँ अटपटा लग रहा होगा आपको सुनते हुए लेकिन गुड़ आप लोग जरूर खिलाइएगा तो ये तो था मेष राशि के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए या जातकाओं के लिए क्या अपने जो है भाई को राखी बांधे या जो वृषभ राशि के जो है भाई देख रहे हैं वो अपनी बहन को क्या गिफ्ट दे तो देखिए वृषभ राशि का स्वामी ग्रह जो बनता है ये बनता है बीना शुक्र सुंदरता का कारक ग्रह ऐश्वर्यता का कारक का ग्रह भोग भोगविलासता का कारक ग्रह तो यदि आप बहन हैं और आपको अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना है तो कोशिश कीजिएगा कि चांदी से बनी हुई कोई राखी आप बांध सकती हैं या नीले रंग की आप कोई राखी बांध सकती हैं और उस राखी पर केसर से स्रीम यदि आप लिख देती हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा बहुत ही बेहतर परिणाम आपके भाई को मिलेंगे और जो भाई हैं उनको क्या करना है तो भाई लोग आप लोग अभी से ही अपने सिस्टर की जो है रिंग की नाप ले लीजिए कोई मोती जो है आपको गिफ्ट करनी होगी आप गोल्ड में भी बनवा सकते हैं चांदी में भी बनवा सकते हैं तो एक मोती या मोतियों की माला आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं और कुछ दक्षिणा यदि आप उनको भेंट स्वरूप जो है देते हैं तो आपकी बहन के लिए भी अच्छा रहेगा भाइयों के लिए भी अच्छा रहेगा आप लोग अपने भाइयों को व्हाइट कलर का कोई छेने से बना बनी हुई यदि आप मिठाई खिलाती हैं तो उनके सौभाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी मिथुन राशि की ओर चलते हैं ये रक्षाबंधन मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा क्योंकि उन्नीस साल बाद ये संयोग आ रहा है तो इस संयोग को सभी लोग आप लोग जो है कोशिश करके भुनाइए मिथुन राशि के जो जातक हैं इनका देखिए राशि स्वामी बुद्ध है तो ऐसी बहनें जिनके भाई की जो राशि है ये जैमिनी है या मिथुन राशि है तो आपको कोशिश करना है कि ग्रीन कलर का कोई रक्षा सूत्र लेना है और ग्रीन कलर के रक्षा सूत्र पर आपको ये जो है बनाना है श्रीम लिखना है आपको भी श्रीम लिखना है ग्रीन ग्रीन कलर के रक्षा सूत्र पर और इसको कोशिश कीजिएगा कि आप लोग लाल चंदन से लिखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा ग्रीन कलर का रक्षा सूत्र बांधना अपने भाई के लिए इससे आपके भाई के जो है जीवन में सुख आएगी समृद्धि आएगी दीर्घायु होंगे और जो भाई रहेंगे आपको पिस्ते से बना हुआ जो है कोई आइटम देंगे मिठाई देंगे हरे कलर का कोई आपको कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ दक्षिणा आपको गिफ्ट कर सकते हैं बहने पिस्ते से बनी हुई मिठाई या जिसमें इलायची पड़ी हो ऐसी मिठाई अपने भाइयों को खिलानी रहेगी बढ़ते हैं हमारी अगली राशि कर्क राशि पर कर्क राशि के जातकों देखिए आपके राशि का जो स्वामी है ये चंद्रमा है और चंद्रमा बहुत ही तेज गति से चलने वाला ग्रह है मन का कारक ग्रह भी चंद्रमा है तो ऐसे लोगों के लिए जो बहने हैं ये चांदी से बनी हुई कोई मिठाई या सफ़ेद रंग और पीले रंग के कॉम्बिनेशन में कोई रक्षा सूत्र बांध सकती हैं और करना क्या रहेगा देखिए केसर से आप लोगों को उस रक्षा सूत्र पर आपको एक स्वास्तिक बनाना रहेगा जी हाँ अगर बना सकते हैं तो बढ़िया रहेगा या बना बनाया आता है तो बहुत अच्छा है तो स्वास्तिक बनाना है और जो हमने मंत्र बताया था स्टार्टिंग में उस मंत्र से आपको अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना इससे आपके भाई के जीवन में भरपूर खुशहाली आएगी आप लोग भी यही जो है सोचते होंगे कि हमारा भाई खुश रहे जो भी उसकी विशेष है वो पूरी हो तो ये आप करिएगा और सफ़ेद रंग की कोई मिठाई इनको आप खिलाइएगा छेने से बनी हुई भाइयों को क्या करना है कोई बढ़िया सा जो है चांदी से बना हुआ गिफ्ट अपनी बहन को दे सकते हैं पायल हो गई और क्या कहते हैं कोई जो है ब्रेसलेट हो गया तो आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार आप लोग जो है कर सकते हैं ये आप लोग जरूर करिए हमारी अगली राशि जो आती है ये आती है ग्रहों के राजा की राशि सिंह राशि सिंह राशि के जातकों आपके राशि का चूंकि स्वामी सूर्य है तो ऐसी बहनें जो अपने भाइयों के आ, कलाई पर राखी बांधेंगी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भगवा कलर से बना हुआ जो है कोई रक्षा सूत्र आप लोग खरीद लीजिए और उस पर केसर से डिप कर दीजिएगा अगले दिन उसको आप लोग प्रयोग में ला सकती हैं और बहुत अच्छा रहेगा यदि भाई लोग आप लोगों को दक्षिणा रुपए अर्थ जी हाँ कई नाम है इसके मनी तो आप लोग दें और गोल्ड से बना हुआ कोई आइटम यदि आप लोग दे सकते हैं तो ठीक है बहन को आप लोग लाल वस्त्र दे सकते हैं और बहनों से निवेदन है कि अपने भाई को अगर मीठे में कुछ खिलाना होगा तो स्टार्टिंग आप लोग थोड़े से गुड़ से करिएगा उसके बाद फिर आप लोग छप्पन भोग की मिठाई खिलाइए उससे कुछ लेना देना नहीं लेकिन प्राथमिक स्तर पर आप लोग गुड़ का प्रयोग जरूर करिएगा चलिए बढ़ते अपनी अगली राशि कन्या राशि और सभी देखिए जितनी हमारी बहनें और भाई लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अष्टोबिदाशीष परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं 19 साल बाद ये पर्व आया है आप लोग भी जो है ए, 19 साल बाद कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं कि ये रक्षाबंधन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा उसमें और कैसे जो है निखार लाएँ आप लोगों के मतलब क्या ऐसे प्रयोग बताएँ कि ये रक्षाबंधन अन्य रक्षाबंधन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा शुभता में वृद्धि करे तो कन्या राशि के जातकों देखिए आपके राशि का स्वामी जो ग्रह होता है ये बुद्ध होता है तो कोशिश कीजिएगा कि रुद्राक्ष से बनी हुई कोई रक्षा सूत्र जो कि ग्रीन कलर पर हो तो आप पहने खरीद लीजिएगा अपने भैया के लिए और सभी जो बुद्ध से रिलेटेड या जो है शनि से रिलेटेड जो भी पीड़ा होगी इससे दूर होगी और भाई बहन के बीच आपसी जो है प्रेम बना रहेगा और करना क्या रहेगा देखिए भाई लोगों को भाई लोगों आप लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होता है उसका आप लोग गिफ्ट करिए और उसके साथ साथ कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा देखिए बहने ये ना सोचे कि हम किसी का हक मार रहे हैं इसीलिए हमने दक्षिणा हर एक राशि में बताई है आप लोग पैसा अपने भाइयों से जरूर लीजिएगा साल में एक बार मौका आता है बहुत कंजूसी से देते हैं लेकिन लीजिएगा जरूर तो कन्या राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है अच्छा हाँ एक चीज़ बताना भूल गए कि मिठाई में क्या खिलाना रहेगा तो तिल से बनी हुई कोई मिठाई आप लोग कन्या राशि के जातकों को खिला सकते हैं तुला राशि की ओर बढ़ते हैं तो तुला राशि के जातकों देखिए आप लोगों के राशि का स्वामी होता है शुक्र कोशिश कीजिएगा कि नीले रंग के जो है रक्षा सूत्र या व्हाइट कलर का कोई रक्षा सूत्र जो रहेगा आप अपने भाइयों के कलाई पर बांध सकती हैं काफ़ी शुभ रहेगा शुभता में वृद्धि आएगी और बहन को जो है आपको देना क्या रहेगा गिफ्ट क्या देना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा एकात कुंतल चावल दे दीजिएगा बहन लोग अपना ले जाएं। मजाक कर रहे थे चावल आप दे सकते हैं लेकिन चावल के साथ साथ दक्षिणा दीजिएगा और वाइट कलर का कोई वस्त्र वगैरह आप भेंट कर सकते हैं चांदी से बना हुआ कोई चीज आप लोग दे सकते हैं बढ़ते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि की ओर और, और आप लोग सफेद रंग की कोई काजू की बर्फी खिला दीजिएगा तुला राशि के जातकों को जो बहनें हैं तो वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं देखिए राशि स्वामी अगेन मंगल तो अपने भाई को पिंक कलर की चूँकि हमारी भी जो है जो राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि हमने अपने बहन को पहले ही बोल दिया था कि आप हमको जो है पिंक कलर की कोई रक्षा सूत्र भेजिएगा तो वृश्चिक राशि की यदि जो है आपके भाई हैं तो बहनों को करना क्या रहेगा पिंक कलर का कोई रक्षा सूत्र लेना रहेगा और उस रक्षा सूत्र को अपने भाई के कलाई पर बांधना होगा उनके कुंडली के सभी दोस्त दूर होंगे करना क्या रहेगा देखिए बहन लोग जो रहेंगी केसर निर्मित कोई मिठाई अपने भाई को खिलाएंगे और भाइयों को करना क्या रहेगा चांदी से बना हुआ जब चंद्रमा नीचे होते हैं देखिए वर्ल्ड पर ध्यान दीजिएगा जब चंद्रमा नीच के होंगे तब वृश्चिक राशि होगी तो चंद्र संबंधित जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो दूर हो जाएंगी चांदी से बनी हुई कोई चीज अपनी बहनों को आप लोग जरूर भेंट करिए और बहन लोग आप लोग ऐसी कोई मिठाई भैया को अपने खिलाइएगा जिसमें केसर जरूर पड़ा हो धनु राशि की ओर बढ़ते हैं तो धनु राशि आपके राशि का स्वामी ग्रह चूंकि जो है देवगुरु बृहस्पति हैं तो कोशिश कीजिएगा कि गोल्डन कलर की या येलो कलर की राखी बंधवाइएगा और थोड़ी सी हल्दी की छींटे उस पर जरूर रख दीजिएगा पीले रंग की मिठाई जो है आप अपने भाई को खिला सकती हैं हाँ भाइयों को क्या करना रहेगा स्वर्ण से संबंधित कोई आभूषण दे सकते हैं पीले वस्त्र दे सकते हैं अथवा शहद दे सकते हैं और बढ़ते हैं हमारी अगली राशि आती है मकर राशि कैप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा तो चूँकि कैप्रिकॉन शनिदेव हैं न्याय का देवता का जो है कहा गया है तो नीले रंग की जो है कोई राखी हो गई ब्राउन कलर की जो है राखी हो गई आप लोग अपने भाई के कलाई पर बांध सकती हैं और कोशिश कीजिएगा कि इनको आप लोग क्या कहते हैं गुलाब जामुन इत्यादि भाई अपने मुँह मीठा कराइएगा और जो भाई रहेंगे इनको करना क्या रहेगा नीला वस्त्र सोने से बना हुआ कोई आभूषण या यदि करना चाहें तो लोहे से बनी हुई कोई वस्तुओं का आप हेंट कर सकते हैं मतलब आप समझ गए होंगे यदि आपकी बहन छोटी है तो उनको आप साइकिल वगैरह का जो है दान कर सकते हैं यदि आप उस लेवल पर हैं कि अपनी बहन को आप स्कूटी वगैरह कर सकते हैं स्कूटी कर दीजिएगा उससे भी हाई लेवल पर हैं तो कोई कार वगैरह कर दीजिएगा ये आप लोग कर सकते हैं तो आप लोगों को मिठाई हमने बता दिया गुलाब जामुन खिलानी है कुंभ राशि पर चलते हैं देखिए प्रोग्राम बड़े मज़, मज़ेदार बन रहा है आप लोग प्लीज़ लाइक करते रहिए और इस वीडियो को जम कर शेयर करिए क्योंकि जितनी भी बहनें हैं सभी से किसी ना किसी जो है रूप से जो है कोई ना कोई रिश्ता है वसुदेव कुटुमकम ये वीडियो हर किसी तक पहुँचना चाहिए तो इसको व्हाट्सएप पर इतना ज़्यादा शेयर करिए कि फिर सुनामी सी आ जाए यूट्यूब पर कुंभ राशि की ओर चलते हैं तो कुंभ राशि देखिए आपके राशि के जो स्वामी हैं ये शनि देव माने जाते हैं तो रक्षाबंधन पर गहरे रंग की जी हां गहरे रंग की ब्राउन कलर की और रुद्राक्ष की यदि कोई जो है मतलब आपको राखी मिलती है वो आप लोग मानिएगा और यदि कोई रुद्राक्ष की माला होगी वो अपने भाइयों को आप लोग जरूर पहनाइएगा और एक बात आप लोगों को ध्यान जो है रखना रहेगा कि आप लोग चांदी से बना हुआ कोई जो है चीज़ खरीद सकती हैं तो ये आप लोग प्रयोग करिएगा और उसके बाद अब मिठाई की बारी आती है किस कलर की आपको मिठाई खिलानी रहेगी तो आप लोग देखिए बादाम से बनी हुई कोई मिठाई आप लोग खिला सकते हैं अपने जो है भाइयों को और काजू की बर्फ़ी भी खिला सकते हैं भाइयों को क्या करना रहेगा देखिए जो हमारे भाई लोग हैं इनको करना क्या रहेगा आप लोग भी लोहे से बना हुआ कोई चीज गिफ्ट कर सकते हैं इसके अलावा आप लोग स्वर आभूषण भी गिफ्ट कर सकते हैं रुद्राक्ष से बना हुआ कोई माला दे सकते हैं कोई जो है ब्रेसलेट इत्यादि आप लोग प्लैटिनम से बना हुआ भी गिफ्ट कर सकते हैं और तांबे का बर्तन इत्यादि भी अपनी सिस्टर को आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जो जातकों आप लोगों का भी देखिए स्वामी ग्रह है ये देवगुरु बृहस्पति हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावशाली होते हैं देवगुरु बृहस्पति यदि उच्च के हो गए तो बहुत ही शुभ फल देते हैं इनके बारे में कहा जाता है केंद्र में यदि बैठ गए उच्च के होकर के तो कुंडली के सारे दोषों को ये जो है अकेले सक्षम जो है जितने दोष हैं इनको दूर करने में ये सक्षम हैं तो मीन राशि के जातकों गोल्डन कलर की राखी आप लोग खरीद सकते हैं येलो कलर की राखी खरीद सकते हैं रेड कलर की रक्षा सूत्र भी बहने खरीद सकती हैं शुभ रह रहता है आप यदि अपने भाई के हाथों पर बांधते हैं उनके ज्ञान में वृद्धि होगी उनके गौरव में वृद्धि होगी मान सम्मान नेम एंड फेम में वृद्धि होगी और क्या चाहिए तो ये करिएगा यदि आप कोई जो है मिठाई खिलाना चाहती हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो है केसर से बनी हुई कोई मिठाई आप लोग खिला सकते हैं या पीले रंग की कोई मिठाई आप लोग खिला सकते हैं और आप लोगों को गिफ्ट क्या करना रहेगा जो भाई लोग होंगे पीला वस्त्र दे सकते हैं आप लोग घी का दाम दे सकते हैं आप लोग अच्छी सी बुक्स दे सकते हैं पुस्तकें दे सकते हैं आप लोग स्टेशनरी से रिलेटेड चीजें दे सकते हैं कोई महंगे आप लोग पेन दे सकते हैं सोने के चांदी के जिससे जो है पॉकेट अलाउ करे इसके साथ साथ पीले रंग का वस्त्र दक्षिणा आप लोगों को जरूर देनी रहेगी और केसर आप लोग जरूर गिफ्ट करिएगा तो ये तो था हमारा मेन से लेकर मीन राशि तक के जो जातक है इस रक्षाबंधन में कौन सा किस कलर का रच्छा सूत्र अपने भाइयों को बांधें किस जो है रंग की मिठाई खिलाएं कैसी मिठाई खिलाएं भाई अपने बहनों को क्या गिफ्ट करें इस पर हमने चर्चा की उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार